तो गाइज टॉरेड ने मेरे पिछले वाले वीडियो पे दो कमेंट किए थे तो भाई उसको भी दो बार शाउट आउट शाउट आउट मतलब कुछ भी तो इस वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे फोर जो रेजन फाइव के ड्रैक रेस में चीट करके मस्त की रेस जीत ली फर्स्ट टाइम नहीं जीत पाया लेकिन दूसरी टाइम मुझे पता चल गया कि क्या करना है और फिर मैंने चीट करके जीत लिया Can we skip to the good part? टेंशन मत लो जाए कोई हाइक को वगैरह नहीं लगाया नॉर्मल एकदम ऑनेस्टली जीता है मैंने गेम जब मैंने फर्स्ट टाइम रेस की ऑनेस्टली तब तो ये रिजल्ट आया और जब दूसरे टाइम मैंने रेस की ट्रिक या फिर चिट अपना के तो फिर ये रिजल्ट आया सोगा so इस अभी देखते कि मैंने कौन से झोल झपटे यूज़ करके चीप ट्रिक यूज़ करके मैंने रेस जीती है मैंने मतलब ड्रैग रेस का नियम ही तोड़ दिया एक तरफ से लेकिन फिर भी मैं रेस तो जीत गया भाई वो इंपॉर्टेंट है कंटेंट बन गया तो बस आप देखिए सो so, बस एक यही था वीडियो आप छोटी सी चीप ट्रिक थी आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो या सब कर दो बस और मैं मिलता हूँ अपने अगले वाली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू टेक केयर एंड बाय बाय